लास्ट के दो बंदे बचे हैं भाई लोग और अप की जीप भी लप रही है यहाँ पर चलो कोई बात नहीं ये गोली तो कोई पर अच्छी गोली को मार नहीं पाया पर अपन ने इसे नॉक कर दिया पूरा का पूरा भी मार देंगे और लास्ट में भाई लोग लो, लो, तीन तीन पे आंकड़ा चला गया बस अपने यहाँ पर जीत जाए और अपन का एक बंदा और खल्ला कर दिया इस बंदे ने कोई बात नहीं इसे भी खेलेंगे शॉर्ट से मार रहा है हवा में हुक्म है वाट लगा डालेंगे भाई लोग मर जा हो गए कारण भाई लोग बुया हो चुका है बस आप लोगों को करना है लाइक right